अरे क्या हुआ ऐसे उदास क्यों बैठे हो क्या बताऊं यार मैं लैपटॉप से काम कर रहा था लैपटॉप अचानक ही गिर के टूट गया अब कोई रिपेयर करने वाला भी नहीं मिल रहा है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अरे बस इतनी सी बात इसके लिए टेक फिक्सर फोर यू है ना? टेक फिक्सर आपके मोबाइल लैपटॉप में जो भी दिक्कत है उसका सोल्यूशन देते है इसके साथ ही साथ यह हार्ड डिस्क डेटा भी रिकवर करते हैं और यह सारी सुविधाएँ आपको मिलती है बिल्कुल ही कम दाम आरोप तो अब इतना सोचना कैसा अरे वाह यह तो बहुत ही अच्छी बात है हाँ बिल्कुल तो अब कहीं और क्यों जाना ज्यादा जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें।